तो स्वागत है आपका पता है मुझे वीडियो नहीं आ रही है यार तीन चार दिन से वीडियो मिस हो रही है और मैं बना नहीं पा रहा हूँ इसका कारण यही हो सकता है टीनेज एज हमारे लेकिन किसी को लंड वर्क का भी फर्क नहीं हो सकता यार क्या करूं मैं ये हमारी उम्र है ना इस वक्त पे हम लोग जीते हैं छोड़े इस बात को अब देखो यार ऐसी बात है ना यार इतनी फटी पड़ी हुई है ना इस बार ट्वेल्थ में आने के बाद इतना डर तो मुझे टेंथ में नहीं लगा था ट्वेल्थ में लग रहा है मानता हूँ मैं हाँ सीनियर बैच थोड़ा लेकिन यार इतनी जरूरी थी फटनी यार बचपन में ना इतने सपने देखे थे मैंने यार ट्वेल्थ में आने के बाद तो ये करूँगा वो करूँगा अब ये की बात बार बार रिपीट होती है कभी एक्टर बनता हूँ कभी सलमान खान का छोटा चौधू बनता हूँ ये नहीं बनता हूँ ये तो अल्ला स्क्रिप्ट क्यों देता है वो भी तुझे मैंने बोला है स्क्रिप्ट सही लिखा कर तू कभी कभी सपने के न सेम लिख देता है ये भूसड़ी के कभी कभी सोचता हूँ डॉक्टर बनूगा इंजीनियर कभी कभी तो राजकुमार राव की यार आई वाली इतना काम देख के यार आई बनने का मन करता है यार क्या क्या मैं मुझे नहीं पता. यार यार यार पता आता समझ यार। दिल में मेरे हो गया चीर कमीना कमीना सा सा नजर का मारा तीर कमीना सा, वैसे उसका पूरा टबर शोधा था लेकिन उसका बड़ा वीर कमीना सा और मापे उसके सान कटवाने लाए थे कुड़ी को काट के ले गया पीर कमीना सा वा!